गाइजर अभी मैं बहुत ही मोटे पाइप के ऊपर झूला झूल जुल रहा हूँ आप देख सकते हैं और गाइजर मैं अगर इस पाइप के अंदर कुछ बोलता हूँ तो वो लगभग लगभग तीन से पांच सेकंड जो है इस पाइप के अंदर मेरी आवाज जो है वो तो घूमते ही रहता है आपको यकीन नहीं होगा तो मैं इस चीज को अभी आपको दिखाने वाला हूँ लेकिन गाइजार इसके लिए आपको यहाँ से लगभग लगभग दो मीटर जो दूर है वो तो पीछे जाना पड़ेगा वहाँ पे वो देखो यहाँ से जो की 200 मीटर दूर है तो चलिए मैं आपको सिंपली इस पाइप में कुछ बोलता हूँ और आपको तीन से पाँच सेकंड तक जो है वो घूमने की आवाज सुनाता हूँ फटाफट से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए तो मैं सिंपली इस फर्स्ट वाले छोड़ पे जो है कुछ बोलूंगा और आपको सेकेंड वाले छोड़ पे जो है जो मैं बोलूंगा वो आपको सुनता तो चलिए बराबर बड़ से आप सेकेंड वाले छोड़ पे जाओ जो मैं बोलता हूँ वो आप सुनता हूँ काफी ज्यादा मजा आएगा जाऊ पड़ा मैं कुछ बोलता हूँ हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब काफी अच्छे होंगे और मस्त होंगे वीडियो वीडियो को को को लाइक लाइक करो करो। और सब्सक्राइब चलो वीडियो को लाइक कर दो भूख भी लग गई है मुझे घर भी जाना है मैं घर से यहाँ पे दस किलोमीटर दूर वीडियो बनाने के लिए आया हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए चलो फटाक से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो गाइस अब स्वयं हो चुकी है मैं अपने घर जा रहा हूँ घर पहुँचने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए तो अब शाम हो चुकी है और आप देख सकते हैं मैं अपने घर से 10 किलोमीटर दूर साइकिल से आया हूँ जी हाँ मैं हूँ मेरे साथ एक कैमरा मैन है मदद करता है मैं उम्मीद करता हूँ की आपको ये वीडियो जो है काफी ज्यादा पसंद आई होगी तो बुरा फिर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो में तो लेता है मैं लेता हूँ किसी नए वीडियो में नया टॉपिक के साथ तब तक के ले जाए जाए